पुद्रत के नजारे। मुश्किलों में है ये दिल मेरा मुश्किल मना तेरी सूरत की है चालीस सौ टका मेरे दिल का सोना भी खरा कि ये मवसे है और तू फल जड मुझ में हो गया जरूर मेरे दिल का ही गया मेहर बाला बरसा है तब तो से तू है मिल गया तुझको पाके ऐसा लागे के खुद से हूँ मिल गया ये ला गिर जो ला rang jo lagya re lagya ke rang jo